पेपर नंबर चाहिए और आगे दोनों एक साथ क्लास में शामिल हो सकते हैं दूसरा यूनिट जो है हमने कल 2.1 कंप्लीट कर दिया था लास्ट टाइम तो शायद आवाज़ सब लोग कम कर लेते हैं पासपोर्ट पहले से खुला हुआ है ठीक है है चलो क्लास पर कमेंट कर दें नहीं नहीं चल चल रहा रहा आज का पेपर है, पेपर कॉमन में पेज नंबर जो आईडी वाले वाले बच्चों बच्चों पेज 37 में है लोग तो, एच आई वाले जो ट्रेडिंग हैं उनकी सिलेबस में पेज नंबर एफ्टी फाइव है आईडी वालों की क्लास के जो कॉमर पेपर है वो थर्टी सेवन है तो इसमें जो है आज की क्लास में हम पढ़ाएँगे इंसरासी यानी कि जन्म से लेकर के दो तो वर्ष तक के बच्चे का क्या क्या डेवलप होता है वो कैसे सोते हैं कैसे उन तो खाना पीना रह सहन होता है इन सब के बारे में आपको हम जानकारी यहाँ पर आप तो कैसे होती है चीज हमें कल समझा दिया था, था आप लोग को अगर आप लोग कल की क्लास में कल की क्लास में हमने जो ये ये में है ये पढ़ाया था यूनिट टू पॉइंट वन चलिए अब इसमें लिखिए इसका मतलब होता है हिंदी लिख लो सहस्वावस्था ब्रेकेट में जन्म से दो वर्ष क्लास जुड़ गया था इसका हिंदी लिख लो यानी कि क्यों आप लोग लिख लोगे लो गिखिए इसमें लिखिए आप लोग सहसवावस्था में सैसवा अवस्था में जीवन का पहला वर्ष शामिल होता है जीवन का बोलते हैं। से सॉरी सॉरी सिस्टम के तेजी से आद्या yeah. साइंस पढ़ा ही नहीं, नहीं।, नहीं? नहीं थी तो उस लोग तो बायोलॉजी पढ़ लेते थोड़ी बहुत जानकारिया हो जाती अगर हो तो बताओ इसके बारे में प्लोटो क्या बोला आपने? प्लाज्मा, क्या होती है ये में क्या होती है? नहीं होना चाहिए होने के के होने बाद मोबाइल में क्यों देख रहे हो? मोबाइल नहीं है कहा चला गया यार? अभी तो ट्वेल्थ पास में बी कर लिया बी हो गया तो फर्स्ट ईयर है चलिए ठीक है अभी पढ़ा लो, इतना साइंस नहीं पढ़ा साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रोटोप्लाज्म हो गया। आगे लिखिए। में वृद्धि के द्वारा होता है में वृद्धि के द्वारा होता है नीचे बालिक हो गया जीव प्रसाद लाइन क्लास नहीं छोड़ रहा आजकल ना बालिक प्रक्रियाएं क्रियाएं कैटोगोल क्या होती है कैटो से अधिक होती है प्रक्रिया से प्रक्रियाओं से अधिक होती है सॉरी देखो सबसे पहले हमने बोला था है तो ना प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या लिखवाया था प्रक्रियाएं एक मिनट एक मिनट पर उसके बाद फिर दोबारा हमने बोला कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं से अधिक होता है दोन भी है दोनों प्रक्रियाएं शामिल अधिक होता और आकार और आकार में एवं वजन में होती होती होती है, है, है। यह यह अवस्था अवस्था की होती है, अवस्था की विशेषता विशेषता जन्म के तुरंत बाद जन्म के तुरंत बाद बढ़ जाती है, है। जन्म के के के मामले मामले में, में चरम चरम दो महीने बाद पहुंच जाता है जन्म के दो महीने बाद कौन जाता है आकार में बड़ी हो जाती है आगे लिखिए जैसे ही बच्चा जैसे ही बच्चा जैसे ही बच्चा बैठने और खड़े होने की कोशिश करता है सैसवा अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है सैसवावस्था में जीवन के पहले वर्ष के दौरान 50% यानी कि 50 प्रतिशत से अधिक से अधिक जन्म की लंबाई और जन्म से यानी कि बच्चे का जन्म हुआ था। उस समय से लेकर के उसके बारे में बात कर रहे हैं अधिक जन्म जन्म के समय की लंबाई और जन्म के समय की लंबाई और 200 सौ से अधिक भी होती है इस तरह समझ सकते हो आप लोग क्या? 200 प्रतिशत से अधिक वजन में वृद्धि होता है। यानी तो बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होगा बहुत ज्यादा होता है कोई तो अगर तो तो बच्चे का जन्म हुआ तो दो दिन पहले देखना एक अपने तो से सारी सारी से हो सकती है। लेकिन कब होगी जब उसको अच्छे से डाइटिंग, नवजात शिशु अवधि की नवजात हो हो शिशु होता है उसकी अवधि कब से कब तक मानी जाती है क्या है लिखिए नवजात अवधि हो गया में जन्म से महीने जन्म से महीने ब्रेकेट बंद कर लो आगे लिखिए गर्भाशय के वातावरण से गर्भाशय के वातावरण से भारतीय दुनिया में कहा जाता है लिखिए। और तीन पॉइंट आउट कर करके लिखिए लिखिए पहले पॉइंट पॉइंट इस इस इस समय समय समय क्यों क्यों नहीं नहीं आ आ रही अब एक तो रही रही एक है क्या वो देखिए पहला इस समय, इस समय वे जीवन भर सोने से ज्यादा से ज्यादा हैं दूसरा पॉइंट लिखिए पहला कम्प्लेम नहीं हुआ हो गया दूसरा पॉइंट लिखिए क्या तो मतलब तो में सोचता तो तो बड़ा दोबारा तो अधिकांश समय है। में और में और लगभग 23 घंटे गलत बोला घंटे अरे नहीं मतलब इतना सोए बोले घंटे बोले घंटे को ब्रैकेट बंद कर देना तो सोलह घंटे में भी जाता है आगे देखिए यह शेष जीवन में लगभग शेष जीवन में लगभग बीस परसेंट तक कम हो जाता है लाइव क्लास से जुड़ने वाले उस संख्या है नौ और सब लोग कहाँ से गए? एक बार कमेंट कर दो बड़ा बड़ा फिर आप ही केसिंग की है तेरा दिखाना एक बार कमेंट करो बड़ा बड़ा तब तक मैं दूसरे हैडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ तब तो तक लोग इसको यार आप क्या है? कमेंट कमेंट कमेंट कर लिए। किसी कमेंट आया ही नहीं कमेंट करो फिर आगे लिखवाएंगे जल्दी कमेंट करो कमेंट क्यों नहीं आ रहा किसी का घर चली गई तो इसका मतलब क्लास नहीं अटेंड करेगी ना बताइए अरविंद का आया भारती का अंकिता का चीतू अंकिता अग्रवाल और सब लोग नहीं करेंगे क्या नहीं आया सुमेर का तो आया, आया। तो राधे राधे कौन बोल रहा अमन यानी की फाल्गुनिया कंटिन्यू करें एक बार बताइए जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है बाद में आप लोगों के पास वीडियो आता है कि नहीं आता है यूट्यूब पे दिखता मैं। है ना दोबारा कमेंट कर दिया करो या दोबारा लाइक कर दिया करो दोबारा लाइक कर कई बार होता है ना कि लाइक करने के बाद लाइक लाइक करने में ठीक है देखूंगा किसी दिन टाइम निकालते हैं नौ लोग हो गए और सब कहा जाके छोटे बच्चे होते और रो, रोते कितने हैं लिखिए पहले एडिंग में पहले पॉइंट में नवजात शिशु प्रतिदिन लगभग नवसात शिशु प्रतिदिन लगभग दो घंटे रोने में बिताते हैं हो गया जन्म के बाद इसमें आगे लिखिए जन्म के बाद छ माह तक बढ़ जाता है लिख लिया पहले लिखो सुमित बोल रहा लिखिए लगभग दो घंटे में दर्द या अति उत्तेजना के कारण भी हो सकते हैं लेकिन भूख कॉमा बेचैनी, कॉमा दर्द या अति उत्तेजना के कारण भी हो सकते हैं हो गया नेक्स्टिंग लिखिए आप लोग नेक्स्टिंग है शारीरिक विकास यानी की फिजिकल डेवलपमेंट से ये बताइए आपको हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाया था बस याद है सब शारीरिक विकास शारीरिक के सारे बोलो तरीके में फिजिकल डेवलपमेंट हो गया इसमें कहा जाता है क्या किसकी डेवलपमेंट देखी जाती है है है है इसका क्या है जो लिखा है। इसका क्या क्या जो पे लिखा मतलब सोशल, फिजिकल, इमोशनल इमोशनल सब पढ़ा चुके से यानी ये कि रहा उसके बारे में क्यों कब कब कौन कर, और, कैसे होता है। और उसकी एज पढ़े बताओ जैसे अभी कहा नहीं की शारीरिक विभिन्न अंगों का विकास जैसे फॉर एग्जांपल बताओ बैठ जाओ नव विकास आगे लिखिए नव एक चमत्कारी नवजात एक इसी में आगे जैसे नवजात पहले लिखा ना नवजात विकास अब इसमें लिखिए इसी में ही आगे थोड़ा सा आगे करके लिखो नवजात एक चमत्कारी कॉमा आदित्तीय व्यक्ति है कॉमा आद्वितीय व्यक्ति है जिसमें प्रभावशाली विशेषताएं होती हैं जिसमें प्रभावशाली विशेषताएं होती हैं अंकिता अग्रवाल तुम्हारी ड्रेस यूनिफॉर्म का है अभी सिली नहीं गई क्यों तो किसी सिलवा अरेती ना 200 रुपए की तो बात होगी कितने पैसे लेते हैं सिलने में वो सिल लेती? 500? अरे बच्चों के लिए अलग है ज़्यादा लेते हैं? अरे ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं। तो तो वही तो है है दोनों बराबर तो नहीं, नहीं नहीं लगेगी जब एक साथ देखो कहीं भी बच्चे जब एक साथ है कहीं भी चाहेंगे चार पाँच लोग एक जैसा है सबको पता लग जाएगा दो सौ ज्यादा पहले है लोग तो सबको पता लगेगा बच्चे यूनिफॉर्म में, ठीक है? है है तो तो तो, कोई बात ना, रास्ते पता तो लगना चाहिए इससे हमारे कॉलेज कॉलेज का, का बच्चे पढ़ते हैं, हैं क्या करते है है तो, ऐसे बोलोगे ना क्योंकि अभी तक तो सबको यही पता लगता है कि वहाँ केवल है अरे अभी नहीं पूछेगा कभी तो पूछेगा ही अभी कैसे कंप्लीट हो गई